छत्ता पर जाना कि साइड जाना कि साइड जाना मैं लेफ्ट आ तू राइट चली भेजा तो कोई तो नहीं और अच्छी कोशिश तो यही स्नाइपर तो नाइ निलीवर पीपल ओ लेट्स गो पर गो पर नहीं तेल ना को को देखा था ना मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं बीएसएस भी बस स्नाइप कर लो बीएसएस मिला बंदा बंदा एनिमी स्पॉटेड मारते हैं तो ते हमारे हैं आंजी तेरे के स्टार्ट छे स्टार्ट छे फोर लाइन मार फोर लाइन मार वो हम्म स्टार्ट है स्टार्ट टीवी बाइक मेंटेन है ओके डी जरूर और कोई चक्कर नहीं आता होगा भैया तेज नहीं है नहीं पता नहीं पी जा कर कर रहा हूं मैं ऊपर आ कुछ ना चल ती आई रुक ना हैं आ समान कर रहे हैं लाई चके तू मैं दस गया ले ले तो भी बाल थी रहे। आया थी लिया बतू समय आई है फिर बंदे में जो बंद मिनल उ बात कर रहा था हैं सीसु बोलता हमरा दा स्वामी है हमन खेलते ऐसी के जा인데 हां था ये था ये था ये तो था ये हां छोड़ देना ड्रॉप ले, ले बंदा off, बंदा ये ये आदमी बंद मेरा है। मेरा दे दे दे। मेरा मेरा क्या क्या तुम तुम गोलिया वो लियोन लोग रहा रहा रहा ब्लैक टोक का नेक्स्ट 7 बंदे गोली इधर के ज्यादा 7 बंदे 7.62 45 23 34 चल चल चल वो ना मारना नहीं मारना तो जाऊंगा हां कारा दे जे जे जे जे जे जा दे दे दे काटी दे सकते भी दे सकते समनेadic का जा ये बाप माने के और नाम भी बड़े जरा बंदे वो बंद नहीं आ अब आ गए अब का भाई लोग की आवाज आ जाने दो मोच आएंगे और तेल देंगे बस तो बंदा था सारा का बंदा बंदा एनिमी स्पॉटेड एक काम कर दे और ओवर तो एक्टिंग के पचास रुपया मारा लुटी लिया बटक मटक <TO>... मेरे सामने, सामने। मार मारे मारने जाए जाए पर आ किसी का बंदा था पे न चारों तरफ भी देखना जोन अंदर चल पहले तो जगह जाएंगे बंदा बंदा उधर ने पर कुछ परलीर बंदे तो तो वहां के ऊपर है क्योंकि सामने कितनी है ऊपर ही है ऊपर ही है भाई ये बुरा ही था कितनी है नहीं दिख रहा मुझसे कोई आइए थे देखायों पर चढ़ने आके आके नहीं वो बक्का ही आएगा तेरे पिछे इत गए मेरे थाले बिलकुल पियारा, पियारा। दोल से, दोल से उन ने बाद देना। है हूं छोड़े गोली अमी मारे रहे कहा गए वे आया आया आया आया बंदा बंदा बंदा बंदा दिया दिया बिल्कुल आ गए ब्रो दोनों की एक मारियां था चला सेव ग्राउंड ये में गड्डी गई चल बैठ तू ये बैठे बाल चला, बैट यार। बैट यार। वार वार वार वार क्या चल बैठिया आ, बंद चलो चलो बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है हरा वन स्नाइपर लगा निकालती हूं चल चलो <ribenti Bowl hour> नहीं चल चल चल बैठ बंदा बंदा बंदे सोमवार बड़ा जो। जाएगे। जाएगे। पिछे मारे ना वो तो हो ये मारते वोट नठी जा तो चाचा चाचा पहले सेंटर देखते बने जो खलुखी देंदे Yeah, yeah. close kar de gaddi gaddi gaddi gaddi kitchi hai ye oye tenyaso gaddi hui वो, वो, वो, वो. के मारी समझ नहीं हकर, हकर, हकर या जमागा, लो अच्छा आए या बी आये यह बिल्डिंग का है ये फितिकी आ। आ। फितिकी है बस तो <portfolio> ये हैं लुक अंदर गलत कर ਕੋ ਕਿਤੇ ਧਰਲੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਾ ਜੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲ ਦੂਹੇ ਚ ਵਿਚ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਆ ਕਿ ਕਿ ਆ ਵੇ ਕਿ ਕਿ ਆ ਕਿ ਲੇ ਗੇ ਰੋਸ ਦਾ ढाबा पर आई है एक सौ पचानवे घर च नो उट हो रहा है रहा। रहा। तो देख तू एक कर। राख के पीछे बंद है भाई एक तक भी ना साथ तरी सारे बंदे सारे बंदे थे आ रहे देखे बुलाओ अपन देखा तुम्हें तू কই কে हो ओ माय गॉड तो मेरा वाला कर आई है तो गिरवाए भी नहीं होने ते ओरा ओरा चला ले गया हां ले ले पिक्चर निकल रहा है अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम। मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए एक देखने पे ना कितने मारे रहा है पराचारा गचावा तो ओ आदि तो सिया थे लास्ट पॉइंट बरा रोक छोटे लास्ट पॉइंट अच्छा छत पे जाते जंदे सटाते मैं भाला दा अंदर सटा दे जाऊ कि तो मेरा बंदा मारता या हां लेके नोक आउट मैं नोक आउट मैं दे दे कि होराया बंदा मार मार परा ये हाँ जो जाने ोह खे भरे बंदी बंदोक दोनों निकलने करना आया तू अपने ते देखा नहीं कोई है बंदा कोई है बंदा कर अंदर आ कर अंदर ओ मेरे चलाया मेरे पर चलाया अरे ये बड़ा आया ओए होए मारे मारो मारो ले ले बोरो स्कोप लाओ स्कोप लाओ ओ मार दे ओ मार दे ने भैंचो अरे देवा ये, ये बाबा घर हैं तो मेरे कर मेरे कर दे मेरे छोड़ा छोड़ा जब बंब छ थले थे बंब बुम्ब आए या गोली मारते दू क्या